अगर, आप अगर आपको सलाह सला देनी हो राहुल गांधी को क्या होगी सलाह देखिए एक लाइन एक लाइन में जी चलिए दो लाइन दो लाइन में किसी दो लाइन में न किसी, का का, का का तो, किसी, किसी के काम का सामने